दा दूर कहीं तू तेरे जान की किया बतलाई दे लाई दे लाल बचाऊ तेरी कसम से जिंदा ही तपना देखो जल्दी प्राण निकाले सुना मुझे अब तुझको मार भगाए दे राजपूत की एक द जाए पृथ्वी पे लहराए दे राजपूत है अंस बस मेरो सबको आज बता दे